खुदा अगर दोस्त का रिश्ता ना बनाता ना तो इंसान ये कभी यकीन नहीं करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं